जंगल। एक्सप्रेस से आप सभी को आदाब सलाम पढ़ा। आज हम हाजीपुर महुआ मुख्य मार्ग के बीच में आए हैं आपको दुर्दशा दिखाना चाहते हैं कि शिक्षित बिहार स्वस्थ बिहार और साफ सुथरा बिहार कहते रोड के किनारे लगी हुई एक गंदगी कहीं ना कहीं कितने हजार टनों की ये गंदगी होगी इसका कहना बहुत ही नामुमकिन है और ये बिहार कैसे बढ़ेगा प्लास्टिक जलने से बढ़ेगा ये प्लास्टिक की फेकी ये फ्लोती गंदगी से बढ़ेगा कि कैसे बढ़ेगा आप देख सकते हैं कि रोड के किनारे जो ढेर लगी हुई है जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि ये बदबू यहाँ के रहने वाले लोगों को भी परेशान किया जा सकता है इससे तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है लेकिन सरकार यहाँ के विधायक यहाँ के जो मंत्री हैं सांसद हैं वो क्यों नहीं सोचते जिस प्रकार से यहाँ पे लग रहा है कि गंदगी का डस्टबीन बन चुका है रोड डस्टबीन बन चुका है जिस प्रकार से यहाँ जब हवा बहती होगी तो सीधे यहाँ के अगल बगल रहने वाले घर में प्रवेश करता होगा पर जब वो सांस लेंगे ना तो सीधे ऑक्सीजन तो छोड़िए तो अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल में भर्ती होंगी क्योंकि ये सरकार की लापरवाही है नगर निगम की लापरवाही है यहाँ के विधायक की लापरवाही है और यहाँ के सांसद की लापरवाही है अब हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि जो डस्टबीन है एक गंदगी की डस्टबिन एक फेंकी हुई ऐसा डस्ट है जो न जाने कितने बीमारियां उत्पन्न किया जा सकता है हम चाहते हैं बिहार सरकार से हम चाहते हैं यहाँ के विधायक से हम चाहते हैं यहाँ के माननीय सांसद साहब से कि जगह और लोगों को ऐसे मत जगाइए जो तो अस्पताल में नहीं अधिकारियों से कि इस में में ले तब जाकर और स्वच्छ स्वच्छ भारत का बात करते पहले पहले कीजिए कीजिए रोड रोड के में, के बगल किनारे में जो आप डस्टबिन का एक बहुत बड़ा चादर बिछा दिया है ना एक कहीं ना कहीं इंसान पशु पक्षी के लिए हानिकारक होगा ज्यादा विशेष कुछ नहीं बोलेंगे सुनते रहिए मिट्टू ठाकुर के साथ हमारे साथ खास कैमरामैन के साथ गाजीपुर वैशाली धन्यवाद अरे बंद है बंद आप देख ना